उस उसमो से शुरू करनी है फिर से जिंदगी जहां सारा जहां अपना था और दी अजने जज्जन मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूँ तेरी बेरुखी ने मुझे समझा दिया मैं झूठी हाँ सी